उसी मौली से वो जो है आगे बढ़ नहीं पाए जनतन हिलप करके तैयार देख चुके डाले नॉकआउट निकाला जनतन के गेंस में इसीलिए मुश्किल होता है एम जीतना डुअल जैसे पहले बट यार तो वो गुस्सा नजर आ रहा है उनकी तरफ से Baby, ओके ओके, हेलो टी हेलो गॉड लाइक एंड देखिए अर्ली ऑन फाइट गेम्स और यस नया में टी डब्लू बी एंड गॉडलाइक का क्लैश रिजल्ट्स अगर गॉडलाइक नहीं निकाल पाए क्वालिफिकेशन लैंड तक उनका नहीं हो पाएगा बिल्कुल काफी मुश्किलों घेरे में यहाँ पर टीम नजर आएगी देखिए अभी मौके तो रहेंगे लेकिन कैप्टन वो जो फिर मुश्किल है ना और भी ज्यादा डबल ट्रिपल होती नजर आएगी तो इस बैटर की शुरुआत यहाँ पर उनको काफी ज्यादा चाहिए टूअप की बात की जब वो भी अभी गाड़ा देखा जाए बिल्कुल जस्ट लाइक फेस कर रही अभी टीम टू भी कर रही फेस तो इसीलिए वो यहाँ पर अच्छे अंग निकालने जरूर चाहिए क्योंकि हमने देखा पिछले गेम में टॉप अर्ली ऑन एलमेट होते हैं कैप्टन स्काईलाइट गेमिंग के वॉन्टेड द्वारा नॉक किए गए हैं फर्स्ट विक बन सकते हैं फिलहाल के लिए स्काईलाइट गेमिंग की ये खिलाड़ी लेकिन टी डब्ल्यू बी will push near स्मार्ट है वो वॉन्टेड गमला बॉय को डाउन किए थे जो वो फिनिश ऑफ करते हुए भी नजर आए एंड लुक्स लाइक बट जॉनसन कावर फायर देने के लिए। के साथ का की कोशिश थी फायदा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर जब तक अभियोपी बचे हुए हैं रिवाइवल ही नहीं और बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट रहेंगी लेकिन ग्रेनेड आ रहा है की तरफ से कनेक्शन बना तो नॉकआउट होगा आगे बढ़ नहीं पाए जॉनथन के तैयार देख चुके रोनक को इसीलिए मुश्किल होता है एम डूल जीतना जैसे ही वहां पर अभी ओपी को नॉकआउट किया गया शैडो आ चुके रिवाइवल देने के लिए अपने साथी को बिल्कुल ख्याल था, था अब शायद मुश्किलों के घेरे में बनी हुई है नजर वो जिया भी बहुत रे, ऐसे देखने को मिलता है कि लाइक कैसे फिस्क के जरिए वो फिनिश यहाँ पर निकालते नजर आए बट अभी के लिए जायरो गॉड एंड साथ में जो बचे हुए खिलाड़ी अक्षु आ, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से, से कैप्टन पर उ, मुझे लगा था सर्वाइवल गेम प्ले खेलते नजर आए लेकिन जी गॉड के वो बेहतरीन एंड स्प्रे भी और टैप टैप शॉट शॉट पर M16 A4 के वो जो टैप थे ही चला रहे चला रहे प्लेयर में कल थोड़ा सा खेल रहा था जरूर बट यू नो कुछ रिजल्ट नहीं आए वो अलग बात है बट यहाँ पर देखिये गॉड लाइक ने कह दिया कि यार इस मैच में या पोलियाना पे दोबारा मत आइएगा एंड सबसे बड़ी बात है गेम्सो की यही दोनों ग्रुप्स आपको दोबारा एरंगल खेलते हुए नजर आज हो सकता है कि यहां पर रेवेंज के लिए भी वो आ सकते हैं and... एंड जाएगा नाम बद क्या रहेगा बट जो भी है, की, हाँ पर, के सकती, चली यहां तो फाइट हो चुकी खत्म अब दूसरी तरफ भी बढ़ती नजर आएगी फिर इन्फॉर्मेशन दिया नॉकआउट किया गया जीगॉड एंड नियो दो प्लेस बचे हुए एनिग्मा इवो खेल रहे हैं फिलहाल वर्कआउट्स की टीम की तरफ से सो इवो तो हमें पता है क्लोज रेंज में काफी स्ट्रांग है साथ ही साथ एक बहुत ही होनहार आईजीएल भी है एंड इसी के साथ अभी के ग्रेनेड डाला गया जीगॉड भी आ गया यानी कि कोशिश वो प्री ग्रेनेड से फायदा क्या मिलेगा या फिर नहीं बट इसी बीच में इवो पुश करने के लिए तैयार है नियो फिलहाल बैक ऑफ कर रहे हैं उनके पास हीलिंग्स अवेलेबल नहीं है जीगॉड नियो का ये डायनामिक ड्यूओ देखेंगे क्या कर पाएगा बट इवो कैसे बच गए हाउ इज ही लाइव 1 एचपी गेम्स और 1 एचपी वेलकम देखिए थोड़ा सा किस्मत उनका साथ देते नजर बहुत ही ऐसा मतलब लाइक पॉइंट था जहाँ पर उनका रेड मार्क तक भी हमें तो फाइनल oh. तो आप बचते हुए नजर आ जाए तो फिर सामने वाली टीम चाहे कुछ भी हो जाए उनको आप गेम से बाहर करके रहेंगे और प्लेसमेंट पॉइंट का एक और पांच तो गॉर्ड लाइक कोशिश करनी चाहिए खेलने की कोशिश थी जरूर और देखिए उस पाइट से डिसंगेज भी नहीं कर सकते जैसे कैप्टन आप बात करते बैकअप हो रहे हैं तो जी नहीं मौका तक नहीं था उनके पास वो गए थे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बट वहां पर भी उनको नॉकआउट और गेम से बाहर करते नजर आए यहाँ पर ई वॉकआउट